hello guys welcome to my youtube channel start ho gaya na portheti hai kya start ho gaya main port na acha result kaun hai kya ha on hai acha to mere pa vote aise carb base dumper aata hai main dekh lo nahi nahi mere pa kya nahi hai upper nahi nahi sorry auto my mp wala theek hai theek hai आ जा आ जा, आ आ आ जाओ जाओ जाओ जाओ किसी को मेरे तो मेरे पीछे आ जा। में चलो लो लो भी मेरे पीछे चलो भाई तुझे दिखाता मैं और इसको देखना देख लो अरे अरे यार वो भी मेरे साथ टाइम ठीक है दिवास दिवास। मैं तो में है बादल हूँ मैंने गलती करी तो जान बुझ के ग बड़ा आस्क कर दे बोलो देख लो जिसको पीछे से ओ भाई मैं क्या रिश्ते आने बचिया भाई वो प्राइवेट सब ओ माय गॉड भाई मैं देखा नहीं सामने के सब सामने के लिए भाई सामने के लिए भाई मैं किसी को आग के पीछे नहीं देखा इसलिए कितना बड़ा सा लेट हो गया मैं सामने अभी 5 बंदे हैं ना कौन किसको करनी है स्किप कर दो भाई तू तुम गलत कर रहे हो मैं एक सच बोल रहा हूं भाई सामने की बात होती है भाई बहुत गलत कर रहे हो तुमने मैं कौन कर रहा हूं मैं इम्पोस्टर का नाम ले रहा बस मैं ये बोल रहा हूं सामने की बात है पूरी सबकी और तुमने गलत कर दिया क्या पर लेना जैसा ले रहा भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम सब सामने की बात है इसके इतनी बार पूछ समझ से भाई कार पे कितने आओ भाई मैं भाई छोड़ो ना मैंने तेरी शक्ल देख ली है पिछली वाली भाई यार प्रवेश कर सकते हो भाई आ रहा हूं गेम में खेलने के मेरी शक्ल लेके जाते थे मैंने देख लिया फेस के नहीं इतना मैं ना कलंत नहीं tentar मेरा टास्क खत्म हो गया क्या बोल रहे हो तुम ये क्या बोल रहा हो ए बेटी क्या बोल रहा है ये पूछ सवाल यार अरे शर्माज भाई भाई भाई मैं चले रखता हूं एक बात बोलनी है पर सामने